दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही मकसद है जो नए यूट्यूबर हैं उनको जो है फ्यूचर में जाकर कोई भी परेशानी ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इससे पूरा देखेंगे ही देखेंगे अगर आप नए हैं तो अगर आपको ये सब बातें नहीं जानना है तो अभी से वीडियो को मत देखो आपके लिए ये वीडियो नहीं है ठीक है ना तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूट्यूब के रिज कंटेंट पॉलिसी के बारे में ठीक है और ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ यूट्यूब के ऑफिशियल ब्लॉग को पढ़ के ऑफिशियल आर्टिकल को पढ़ के ये जो है वीडियो ब, बना रहा हूँ और बहुत सारे जो है लोगों के राय को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी त्रुटि मिले तो मेरे को कृपया करके संपर्क कीजिएगा मैं उस पार्ट को जो है डिलीट कर लूँगा तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं टेक के वीडियो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों रिव्यूज कंटेंट को जानने से पहले हम कंटेंट को ही जान लेते हैं तो इंटरनेट पर फिलहाल जो है अभी चार प्रकार के कंटेंट अवेलेबल है क्या क्या है पहला आडियो दूसरा वीडियो तीसरा फोटो और चौथा आर्टिकल यानि ब्लॉग हो गया जो वेबसाइट में यूज होता है वर्ड ब्लॉगर में तो चार प्रकार के कंटेंट है और इन चारों प्रकार के कंटेंट में रिव्यूज कंटेंट पॉलिसी मेटर करता है और रिव्यूज कंटेंट पॉलिसी जो है मोनिटाइजेशन पॉलिसी का एक पार्ट है जिसे जो है जुड़ा हुआ है उसी से और इसी से जो है डिपेंड करता है कि आपके जो चैनल है वो मोनीटाइज होगा कि नहीं होगा कंटेंट को तो जान लिए पर इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हम किसके कंटेंट यानी किसके वीडियो ऑडियो और फोटोज़ को जो है यूज कर सकते हैं उसको जो है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा तो वीडियो में बने रहे रीयूज कंटेंट री कंटेंट इसका सीधा सीधा मतलब है किसी दूसरे के कॉन्टेंट को दोबारा से यूज करना रीयूज कॉन्टेंट कहलाता है अब आप ये भी पूछेंगे कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं शॉर्ट क्रिएटर हैं वो तो दूसरे के ही वीडियो को रियूज करते हैं या फिर दूसरे के ही वीडियो में अपने वॉइस डालकर वीडियो बना लेते हैं तो ये बात भी सही है कि अगर हम किसी के भी वीडियो आइडियो और कंटेंट को लेकर उसमें अपना एफर्ट डालें अपना जो है एक्सपीरियंस डालें अपना हाव भाव दें तो वो वीडियो रिव्यूज कंटेंट नहीं कहलाएगा वो आपका खुद का जो है कंटेंट बन जाएगा तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होता है रिव्यूज कंटेंट सीधा सीधा यही मतलब है किसी भी के जो कंटेंट है उसको डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करना ये रिव्यूज कंटेंट है अगर उस वीडियो को जो हम हैं एडिट करके बनाते हैं उसमें अपना वॉइस डालते हैं वो तो रिव्यूज कॉन्टेंट नहीं कहलाएगा लेकिन लेकिन लेकिन रुकी जरा अगर हम किसी भी कंटेंट को उसके बिना परमिशन के हम अपने YouTube पर चाहे वेबसाइट पर यूज करते हैं तो वो बंदा आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है और कॉपीराइट क्लेम देने से जो है रिवेन्यू जो है शेयर हो जाता है और उसको ज़्यादा ही बुरा लगा तो आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है और कॉपी स्ट्राइक को आप तो जानते होंगे बहुत ही खतरनाक टाइप है वो तो दोस्तों किसी भी के कंटेंट को यूज करने से पहले उनका जो है परमिशन ले लेना ही चाहिए और यही ठीक रहता है या फिर अपने जो है डिस्क्लेमर या फिर डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पर उनको जो है क्रेडिट दे दिया जाए कि ये उनका कंटेंट है तब आपको शायद तक कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन मेरा यही मानना है कि हम किसी दूसरे के जो है कंटेंट को यूज़ मत करें हम खुद का जो है यूनिक कंटेंट बनाएं क्योंकि YouTube अभी के टाइम में बहुत ही अपडेट कर रहा है और कल के डेट में हो सकता है कि ये रियूज़ भी बंद हो जाए खुद का ओरिजिनल ही कंटेंट चले ऐसा भी अपडेट कर सकते हैं यूट्यूब पर YouTube के पॉलिसी में ये भी मेंशन है कि हमारा वीडियो 5 मिनट या फिर 8 मिनट से ऊपर है तो हम कुछ सेकंड तक की कि किसी दूसरे के जो है कंटेंट को दिखा सकते हैं लेकिन किस तरह से दिखा रहे हैं ये भी बहुत मैटर करेगा वहां पर बहुत कुछ जो है जान लिए अब इसको भी जान लेते हैं हम किसके कंटेंट को जो है बिना उसके परमिशन के हम यूज कर सकते हैं तो दोस्तों इसको जो है मेरे इस डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है रियूज ओलाव और जिसके भी वीडियो में रियूज ओलाव होंगे उनके जो है वीडियो को आप पूरा का पूरा दिखा दीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है तो यही था वह वाला बात जो है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत तो एक लाइक तो बनता है ना